गोरी मुखड़ा तू खोल के दिखा दे मने देखूं बार बार देखूं मैं देखूं तने गोरी मुखड़ा तू खोल के दिखा दे मने देखूं बार बार देखूं मैं देखूं तने चमक की का दिल को मेरे भाई देख तुझे मैं देख रहा, बन मेरी याद तेरी सताए मेरे दिल में है गम मैं जितना भी देखूं वो पड़ जाए कम याद तेरी सताए मेरे दिल में है गम मैं जितना भी देखूं वो पड़ जाए गम तू याद नहीं, कितना तुझको चाहा फेर मुझे बता दे कि तेरी राह गोरी मिलते तो तुमसे हम बात कर दे क्या दिन ते वो जब हम साथ पढ़ते गोरी मिलते तो तुमसे हम बात कर दे क्या दिन थे वो जब हम साथ पढ़ दे चल छोड़ दे अपनी जित को अब तू मिलने कब आएगी मिलके जब जाएगी तुझको याद मेरी आएगी आजा आजा मैं तुझको बुलाऊं सनम तूने मुझको न चाह मैं चाहूँ हरदम आजा आजा मैं तुझको बुलाऊं सनम तूने मुझको न चाह मैं चाहूँ हरदम